मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म अभिनेता आमिर खान को समझाइश देते हुए कहा है कि आमिर खान भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन करें। मिश्रा ने कहा कमलनाथ सिर्फ बैठक ही कर सकते हैं उनसे और कुछ तो होना नहीं है नशे के खिलाफ अभियान को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया की अभी तक तिरालीस लीटर शराब जब्त की गयी है जल्द ही गुटका माफियाओं के खिलाफ भी प्रदेश में अभियान चलाएंगे प्रदेश सरकार नशे के कारोबार करने वाले इन बदमाशों के खिलाफ सख्त है मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में इस अभियान को और तेज़ किया है सारे हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए हैं तैंतालीस हजार लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है एन एक्ट के तहत तीन सौ साठ प्रकरण दर्ज किए गए हैं और हम हमारी पुलिस पूरी ताकत से दस नशे के जो माफिया हैं नशे का कारोबार करने वाले उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगी हम बहुत जल्दी गुटका जो होते हैं तम्बाकू गुटका इनका भी खिलाफ अभियान चलाएंगे नौतम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कहा कि अस्सी वर्षीय खड़गे जी को परेशान क्यों किया जा रहा है जब परिणाम तय है वही बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ सिर्फ बैठक ही कर सकते हैं खड़ाऊ लेकर खड़गे जी आ जरूर रहे हैं अब अस्सी वर्षीय खड़गे जी को क्यों दौड़ाया जा रहा है मुझे मालूम नहीं है सबको परिणाम मालूम है और जब परिणाम तय है तो उन्हें परेशान क्यों किए जा रहे हैं ये औपचारिकता भी क्यों की जा रही पता ही नहीं आ रहा है कहीं पुष्प लगा रहे हैं कहीं बुजुर्गों को वहाँ अपने संग दौड़ा रहे हैं सिद्धाराम मैया जी को अब अस्सी बरसी खड़गे जी को पहुँचा रहे हैं सबको मालूम है देश के लोगों को कि परिणाम क्या आने वाला है क्या के लिए परेशान कर रहे हैं नवतम ने कहा श्री महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार उन्होंने अभिनेता आमिर खान पर निशान साधते हुए कहा कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन करें आमिर खान माननीय प्रधानमंत्री की जो परिकल्पना थी दिव्य महाकाल लोक की कल महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिभूत करने वाला कल का कार्यक्रम अलौकिक दृश्य महाकाल लोक के मन मोह रहे थे भारतीय संस्कृति और धर्म को वैश्विक पटल पर मंडित करने एवं ऐतिहासिक कार्य के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं राष्ट्रीय एक निजी बैंक के लिए अभिनेता आमिर खान जी का विज्ञापन मैंने भी देखा है शिकायत के बाद ही देखा था और मेरा उनसे आदरणीय आमिर जी से अनुरोध है कि भारतीय परंपराओं और रीत रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे इस तरह के विज्ञापन करें वो लगातार खासकर आमिर खान जी के बारे में इस तरह का भारतीय परंपरा रीति रिवाज़ों देवी देवताओं के जो आते रहते हैं मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। इस तरह के तोड़ मरोड़ के जो अभिनय करने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं और इसलिए किसी की भी भावना को आहत करने की इजाज़त उन्हें नहीं है ऐसी मेरी मान्यता है